संचालन के लिए एक बार हम बलिया वालों के साथ हिस्सा लेने में कभी नहीं पिछड़ते <laughs> तो अच्छा, बलिया वालों के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी की यहाँ पर आई वीरभूमि बलिया पर जब मैंने अपना पहला कदम रखा तो मेरे मन में एक डर था कि यहाँ के तो रज रज में बागी ही बलिया वीरभूमि बलिया की जो एक इमेज है जो एक यहाँ की चर्चाएं हैं, कहानियां हैं और हम तो श्रृंगार प्रेम मनोहर पढ़ने वाले लोग पता नहीं आप लोग हमें कैसे स्वीकारेंगे कैसे सुनेंगे लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी छोटे भाई कल्याण को सुना क्या बात सर्वप्रथम तो मंच कंफ्यूज हो गया कि हम बलिया में कविता पढ़ रहे हैं या बैंकॉक में <laughs> तो एक बार जिस प्रकार से आपने उसको सुना है उसी उत्साह के, उसी उल्लास के, उसी रंग की तालियां उठाई में हा हा अरे तालियां क्या कुछ भी उठा सकते हैं हाँ <laughs> तो बस पढ़िए स्वागत है कौन पूरी कर सका है कौन पूरी कर सका है बाबरों की ख्वाहिशें कौन कौन पूरी कर सका है बावरों की ख्वाहिशे इश्क भी करना है और बर्बाद भी होना नहीं इश्क भी करना है और बर्बाद भी होना नहीं सीधे सीधे अपने परिचय की चार पंक्तियों से आप सबको जोड़ती हूँ मंच का ध्यान चाहूंगी स्वागत सुनिएगा जिस प्रकार से संचालन कर रहे हैं जिस प्रकार से अरे इस समय मंच है कुर्सी को लापे तरफ ध्यान दिया चुप है कहे ना कुछ पर समझ चुके हैं नियत तुम्हारी हमारे जलवे संभाल पाओ अजी नहीं है सियत तुम्हारी <laughs> तो जवाब के पल्लवी जी पल्लवी जी ये, ये हायती गलत बात है ये बलिया है और यहाँ आप हैसियत की बात कर रही है जी। आप देखिए मैं आप मन कुलबुलाता है जवाब देने के लिए हम क्या करें तो चार मिश्र अब राजेश राह चार मिस्रे क्या खूब कहे हैं मुझे लग रहा है इन्हीं के लिए कहे थे कि कभी ये बलिया आएंगी और दमदार बनारसी से टकराएंगी तो ऐसा है कि मुखालिफ कहते हैं दुश्मन को मुखालिफ भी जबा पर देखना ताला लगा लेंगे मुखालिफ भी जबा पर देखना ताला लगा लेंगे हमारे सब्र का जिस दिन वो अंदाजा लगा लेंगे और वफ़ा वफाका फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम ये कल जुड़े में कोई फूल फिर ताजा लगा लेंगे हम तो अलग ठीक है गुरु <laughs> सिर्फ चार मिश्रे सिर्फ चार मिश्रे पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ की और चलती हूँ इन्होंने बेवफाई की बात की वहां से बात उठाती हूँ बहुत मुश्किल है ये कहना मेरा दिलदार झूठा था आहा, ये दे, ये से अंदर दम, नहीं ये सबके कर एकदम बहर में दिलदार कही है, चाहे दमदार कही एकदम बहर में मुंगेरी लाल के हसीन सपने <laughs> बहुत मुश्किल है ये बतलाया तेरा प्यार झूठा था आ, हा, हा। बहुत प्रणाम करती हूँ और मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ की ओर चलती हूँ और इस प्रार्थना के साथ इस बात के साथ कि जब हम किसी को फ्रूट सैलड देते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा चाट चाट मसाला डाल देते हैं। लेकिन उस मसाले का काम है आप तक कविताएं पहुंचाना आप तक रचनाएं पहुंचाना, आप तक साहित्य पहुंचाना एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें। मैं आप लोगों के लिए नहीं, रब की मर्जी हिलती नहीं। वाँ। वाँ। मैं दिल्ली से इतना दूर से चल के अगर आज आप सब तक, तक आई हूँ जिस डोर ने बांधा हुआ है वो प्रेम की और साहित्य की डोर चल क्या ये डोर हिलाई कि रब की मर्जी बिना <laughs> <क्या> डोर <laughs> हिलती नहीं ये कली प्रेम की रोज <laughs> खिलती वाँ। नहीं वाँ। आप पर क्यों ना cheba ba ba ba भी आप जोड़ के लाता है। चार पढ़ती हुई की ओर से कि हम क्या लिखते लिखते लिखते लिखते पढ़ते हैं? हैं, हैं, हैं। चंचल चंचल मन लिखते हैं। चंचल मन लिखते हैं। पीर सघन एक पंक्ति में अगर कहूं तो बलिया वालों बलिया वालों सुनिएगा कि एक पंक्ति में अगर कहूं तो कविता में जीवन लिखते हैं एक में में अगर कहूं। वा, वा, कविता जीवन लिखते हैं। एक ऐसे गीत की तरफ लेके चलती हूँ जो मेरे पहचान का गीत है वो पिछली गली में हाँ बिल्कुल हम पिछली गली में ही लेके चलते हैं। नहीं नहीं गीत का नाम है आप लोग गलत ना समझे ये गीत का उन्वान है पिछली गली में प्रेम क्या है साहब सीधे सीधे पढ़ने का बताती हूँ उस प्रेम की तरफ पहले जुड़िए जो आपका पहला प्यार है एक दौर होता है जब हमको प्रेम और आकर्षण के बीच का अंतर भी पता नहीं होता वो गीत जो मेरे मंचीय पहचान का गीत है एक बार आप लोग तालियों से जुड़िएगा मैं शुरू करती किया पहले प्यार की यादें आदि उतरे वो कुमारी है वाह तालियां उठानी हैं तो एक साथ उठाइए। अरे वो आपके आपकी खुमारी आपकी खुमारी में जब ये उठ गए तो तालियां तालिया नहीं उठाए स्वागत है पहले प्यार की याद वाह न उतरे वो खुमारी है ये लोहे जो हवाओं ने करीने बा बा क्या बात है पीतल की अंगूठी ये ये, ये, ये अंगूठी देने के लिए आ गया बताइए ये ये अंगूठी देने के लिए आ गया बाप रे बाप आप ऐसा गीत न पढ़िए कि बलिया आ जाए बागी हो जाए बाप रे बाप अच्छा जो लोग भी अभी उनके जा रहे हैं तो मैं ये गीत इसलिए बिल्कुल नहीं अरे वो जा रहे होंगे अंगूठी बनवाने आप घबराइए आप पढ़िए स्वागत है। एक बार पुनः आप लोग मंच से जुड़े और मुझे अच्छा लगेगा अगर इस गीत को आप लोग तालियों के के से से जोड़ के सुनेंगे और मैं दावे से कह कवियत्री हूँ देश की जो इस विषय पर आप सबके सामने मंच से गीत पढ़ती है क्या बात? मेरी हिम्मत को दाद दीजिए तालियां उठाइए स्वागत है स्वागत है। से दूर था ना पुराना था तीन बार पुराना लिया हड़प्पा की खुदाई से निकला था क्या ये बिना बात बोल रहे क्योंकि इनको जलन हो रही है <laughs> तो <मैं> सीधे सीधे <laughs> भाई ताली बजाकर दीजिए नहीं तो टूट जाएंगी स्वागत है नहीं नहीं ये बलिया वाले हैं इन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया है बिल्कुल टूटने नहीं देंगे पहले उस फ्लैश में लेके चलती हूँ मैंने कहा कि उनके तो साथ भी कोई थी उसने मारी कोहनी ले गई साथ में बोली कहाँ रुक गए <laughs> तो वो तो जनाब चले गए लेकिन एक फ्लैशबैक सामने आ गया उस फ्लैशबैक से उन पुरानी यादों से जुड़िएगा आनंद लीजिएगा पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें पुराना दिखा हमें एहसास अनछुए थे आँखों में शर्म थी एहसास अनछुए थे छुए थी आंखों में शर्म थी चाहत की लो नई पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें वा, पुराना वा, दिखा हमें पुराना दिखा हमें क्या कहने वाह वाह वाह वाह ये जो दौर होता है हम्म ये बहुत विशेष होता है और विशेष होता है कुछ यादों के कारण वो यादें जो हमारी सखी सहेलियों दोस्तों दुश्मनों से बनती हैं और दोस्त भी ऐसे जिनके रहते हमें दुश्मनों की आवश्यकता नहीं क्या बात बिल्कुल है? बिल्कुल वैसे ही दोस्ती जैसे दमदार जी और यहाँ पे प्रशांत जी में है तो सुनिएगा उन दोस्तों को याद करिए और उन गलियों में चलिए सुनिएगा कि यारों के गेंग थे कहीं सखियों की टोलिया गेंग थे कहीं सखियों की टोलिया छुप छुप के सज रही थी खाबों की टोलिया हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे भले हाथ तंग थे कैंटीन में कैंटीन में कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें कैंटीन में बिल बैठ के खाना दिखा हमें पिछली गली में प्यार पुराना, पुराना दिखा हमें पुराना पुराना दिखा हमे। पुराना दिखा हमें हमें इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती स्वागत मैंने कहा कि मैं कलौती कवित्री हूँ इतने हिम्मत से गीत पढ़ती है अच्छा पुरानी बातें तो फिर भी हो गई अब मैं मेरा वर्तमान पढ़ रही हूँ इस बात पे आप सब एक बार तालियां बजाइए मैं शुरू के हालात क्या वर्तमान कि मासूम सभी हरकतें कि हरकते किस्सों में रह गई मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गई अल्हर सी रंग रेलिया कपड़ों में तह गई मेरे दिल की तिजोरिया अरे से बंद है मेरे दिल की तिजोरिया लाली नहीं है पे सजती है लोरिया सजती है सजती है लोरिया लेकिन लेकिन फिर सजने सवरने का बहाना दिखा हमें फिर सजने सवरने का बहाना दिखा हमें पिछली गली में प्यार पुराना पुराना पुराना दिखा दिखा दिखा हमें वाँ, पुराना वाँ, दिखा वाँ, हमें हमें वा, वा, वा, वा, अरे बहुत आनंद आया बताइए परमानंद आये प्रेम क्या है मैंने कहा कि ये तो सब आनंद के उल्लास की बातें हैं दो तक वो पढ़ना चाहती हूँ जो मेरे मान के पहचान के और हमारी इस भूमि पर प्रेम क्या है उसके मुक्त है अगर आप लोगों का आदेश हो तो वो मुक्तक पढ़ना चाहती एक पर पर एक बार जरूर पल्लवी जी मुक्तक और पढ़िए स्वागत है है प्रेम क्या साहब पर शिकायतें खत्म समर्पण शुरू समझिए हम प्रेम में हैं हमारे प्रेम के जो इष्ट है उनके चरणों में दो मुक्तक रखती हूँ सुनिएगा साल साल भर प्या तक हमने गाते देखे दिल में गम में आंसू लब मुस्काते देखे हैं प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मुख हैं राधे राधे सुनकर हमने कानाते देखे हैं राधे राधे सुनकर हमने कानाते देखे हैं एक मुक्तक मुख्तौर पढ़ के क्योंकि जाते जाते ये जो हमारी भूमि है वो राम की कृष्ण की भूमि है साहब मुश्किल है उसको बताना और जताना जाते जाते बलिया को यह बता के जा रही हूँ कि यदि आपको किसी से प्रेम होता है तो आप उस तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं सुनिएगा एक बार आप लोग तालियों से इस मुक्तक से जुड़िएगा मैं बिता लूंगी की खरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी आखर ढाई लिख देना याद हमारी आए जब भी आखर ढाई लिख, लिख देना शब्दों में ना बा... मिले राम जी वो चौपाई लिख देना वो चौपाई लिख दे